हाँ दोस्तों आज घर में बनाएंगे चनाचूर उसके लिए क्या क्या चाहिए बेसन चीरा चना दाल मटर दाल भिंगा हुआ बादाम नमक हल्दी पाउडर गुल पाउडर लाल लाल मिर्ची पाउडर करी पत्ता इसके लिए बेसन डाल देंगे सारे मसाले डाल देंगे एक सॉफ्ट डो बना लेंगे मिला लेंगे इसको अच्छा से बन चुका है इतना गरम लगाना है इसको तभी से वही सही बनेगा आदम निकाल लेंगे इसको घोल देंगे आदम बटर को जो है इससे बुनिया निकालेंगे इस हो चुका है इसको घोल लिए हैं इसको इसके अंदर भर लेंगे सेवेली निकालने के लिए इसी से हम लोग सवेली निकालेंगे भर लिए हैं इसको इतना बच गया इसको बाद में भर लेंगे कढ़ाही गम हो चुका है इसमें तेल डाल देंगे तेल गर्म हो चुका है तो इसमें सेवई डाल देंगे इसको धीमा आंच पर ही सेकेंगे सीखेगा तो जल जाएगा जल्दी और सीखेगा नहीं सही से इसी को दिमाच पर ही सेकना पड़ेगा जो बचा हुआ था अभी आप भर लेंगे इसके अंदर इसको पलट लेंगे दूसरा साइड भी पका लेंगे बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसको मैं निकाल दूंगी अब दूसरा भी ऐसे तल के लेंगे और निकाले भी इसी कढ़ाई में मैं बुनिया भी छान लूंगी ऐसे भी मैं इसमें डाल के फ्राई कर लेना आज बस हो चुका है हाँ इसको भी निकालेंगे पादाम लगी लगे बजाम को भी धीमा पर मार्च करेंगे लाल हो चुका है इसको भी निकाल देंगे कितना अच्छा कलर है इसी दिन में चिड़ा को भी तल लेंगे इसे भी निकाल लेंगे इसको तलने में टाइम नहीं लगता और रख के तल लेंगे इसे भी निकाल लेंगे इसी तेल में करी पत्ता हो गया भी निकाल लेंगे उसको तो मिलाने के लिए बड़ा कटोरी ले लेंगे ले। इसको मिलाने में बनेंगे सारे सारी चीज़ करते हैं कटोरी में तो ऊपर कढ़ी पत्ता देंगे अच्छा से तोड़ के बीच लूँ चाट मसाला आधा चम्मच लाल बीच पाउडर सब को मिला देंगे घर पे चना चना बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए ऐसा वीडियो और लेके कर आऊँगी